हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी प्रकाश जी आज मैं आपके लिए है चेन लॉकेट लेके आई हूँ आई आर बहुत सुंदर है बहुत हैवी है बहुत सुंदर पार्टी वेयर और फैशनेबल है और डायमंड्स और में है और स्टोन भी बहुत अच्छे हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अब पसंद आए तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसमें सा, बहुत सारी डिजाइने हैं आप देखिएगा एक इसकी मत कीजिएगा कोई डिजाइन चूक ना जाए आपसे और और इसको ख़रीदना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ मैं इस डिस्क्रप्सन में ये इस नंबर दे दूँगी जहाँ पर आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं मुझसे